चलिए दोस्तों सवाल आपके स्क्रीन पर दुनिया आप कौन ऐसा बागती है जिसने एक छक्के मारने पर उसे बारह रन दिया गया था दोस्तों इसका सही सुनते तो तो कमेंट में पता और वन जी बी डाटा जीते दोस्तों वीडियो सही लगेगा वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करना और बलाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे